वेलकम टू आईटीआई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने फिटर ट्रेड थ्योरी का नया चैप्टर जो कि ड्रिल है इसके बारे में आज मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ड्रिलिंग क्या है ये किस तरीके से कार्य करता है ड्रिलिंग एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग गोल फ्राट करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग ड्रिल मशीन की सहायता से किया जाता है अब हम देखेंगे ड्रिल किस मटेरियल का बना होता है ड्रिल हमारा हाई स्पीड स्टील मटेरियल का बना होता है या हाई कार्बन स्टील का बना होता है अब ये टू टाइप्स के जो मटेरियल्स हैं अब हम इसमें देखेंगे कि हाई कार्बन स्टील का ड्रिल और हाई स्पीड स्टील का ड्रिल किन जगहों पर यूज करा जाता है हाई कार्बन स्टील का ड्रिल सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज किया जाता है तथा हाई स्पीड स्टील का ड्रिल हार्ड मटेरियल के लिए यूज किया जाता है अब हम देखेंगे ड्रिल्स के टाइप ड्रिल हमारे तीन प्रकार के हैं मेनली जो यूज करे जाते हैं सबसे पहला है फ्लैट ड्रिल फिर है स्ट्रेट फिर है ट्विस्ट ट्रिल अब हम देखेंगे फ्लैट होता है क्या है इस फ्लैट का यूज का में किया जाता है लेकिन अब हम देखेंगे फ्लैट के क्या क्या तार थे और किस कारण से फ्लैट ड्रिल का मैक्सिमम यूज नहीं किया जाता है सबसे पहले देखेंगे इसकी बॉडी गोल होती है तथा यह चपटा कर दिया जाता है तथा इसके सिरे पर 90 डिग्री का कोण बनता है तथा यह हार्ड और टेम्पर इनके एज को हार्ड और टैम्पर कर दिया जाता है तथा इसका प्रयोग कारपेंट्री शॉप जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कारपेंट्री शॉप में यूज किया जाता है धातु के जॉब पर इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है क्योंकि इसमें सीधा व सही साइज का सुराग नहीं किया जा सकता है इस कारण से फ्लैट ड्रिल का यूज कम कर दिया गया अब हम देखेंगे स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल स्ट्रेट फ्लूटेड ट्रिल का क्या कारण है फ्लैट ड्रिल की अपेक्षा इसमें अधिक शुद्धता और गहराई के लिए ड्रिल होल किए जाते हैं अब इसके बाद में और इसको अधिक स्पीड पर भी चलाया जाता है फ्लूट के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के ड्रिल होते हैं सबसे पहला हमने आपको बताया था इस्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल दूसरा है ट्विस्ट ड्रिल। अब हम देखेंगे स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल है क्या इस प्रकार के ड्रिल में इसकी बॉडी पर सीधे फ्लूट्स बने होते हैं जो कि अच्छ के समानांतर मतलब पैरेलल होते हैं इस ड्रिल के द्वारा बहुत मोटे जॉब को ड्रिल करते समय कठिनाई होती है और चिप आसानी से बाहर नहीं निकल पाते हैं इस कारण से इस ड्रिल का यूज भी वर्कशॉप में बहुत कम किया जाता है अब नेक्स्ट हम देखेंगे ट्विस्ट ड्रिल जो कि ट्विस्ट ड्रिल मैक्सिमम यूज किया जा रहा है इसमें और इन फ्लैट ड्रिल का और स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का यूज कम कर दिया गया है अब हम देखेंगे ट्विस्ट ड्रिल क्या होता है ट्विस्ट ड्रिल एक प्रकार के ड्रिल में इसकी बॉडी पर फ्लू ट्विस्ट होते हैं ये आपके सामने ट्विस्ट ड्रिल का फिगर बना हुआ है इसके बाद में इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि यह चिप आसानी से बाहर आ जाते हैं कूलेंट आसानी से कटिंग एच तक पहुंच जाता है इसमें ड्रिल अधिक स्पीड पर चलाया जाता है इस प्रकार के ड्रिल वर्कशॉप में अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं अब हम देखेंगे ट्विस्ट ड्रिल का स्पेसिफिकेशन सबसे पहले ट्विस्ट ड्रिल को उसके व्यास मतलब डायमीटर और टूल के प्रकार और मटेरियल के अनुसार मनोनीत किया गया है अब हम देखेंगे ट्विस्ट ड्रिल का स्पेसिफिकेशन ये आपके सामने लिखा हुआ है 10 एच आई एस फाइव एच एस अब हम इसका मतलब जानेंगे टेन का मतलब ये ये है का मतलब ये ड्रिल का टाइप है। ये व्यास का मतलब है ये ड्रिल मटेरियल है हाई स्पीड स्टील इस्टी का मटेरियल है जब हम मार्केट से ड्रिल लाते हैं तो उसकी नेट पर को इंडिकेट किया जाता है इसी के अनुसार हम मार्केट से डिलचेज करते हैं अब हम देखेंगे मेन पार्ट और ट्विश्ट दिल। ट्विश्ट दिल के कौन-कौन से हैं? जो कि पे आपके सामने फिगर बना हुआ है। अब मैं बारी बारी से एक एक पार्ट्स के बारे में यहाँ पे बताऊंगा देखिए टैंग है, टेपर लेंथ, मार्जिन, पॉइंट। सबसे पहले हम देखेंगे ड्रिल की कहां कहां से से तक जाती है। टैंक से लेके पॉइंट तक की टोटल लेंथ लेंथ जो हमारी ड्रिल की की कहलाती है। अब नेक से लेके पॉइंट तक दूरी ये हमारी बॉडी कहलाती है अब हम देखेंगे एक एक पार्ट्स के बारे में सबसे पहले देखेंगे सैन सैन का क्या कारण है यह ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी का सबसे ऊपर का भाग होता है जिसको मशीन के स्पेंडल या चक में बांधा जाता है यह सबसे ऊपर का भाग जो है यह हमारा सैन कहलाता है अब हम चलेंगे नेक की ओर यह नेक का क्या कारण है ये और बॉडी के बीच का भाग होता है जिसको रिसेस भी कहते हैं इस पर ड्रिल का साइज और ड्रिल बनाने वाली कंपनी का निशान और ड्रिल का किस मटेरियल की है इस चीज को इंडिकेट किया जाता है ये जो लिखा हुआ है इस चीज को यहां नेक पर इंडिकेट किया जाता है अब हम देखेंगे नेक्स्ट बॉडी अब हम बॉडी के बारे में देखेंगे बॉडी क्या है यह ड्रिल का बीच का भाग होता है जिसमें फ्लूट्स कटे होते हैं नेक्स्ट पॉइंट यह ड्रिल का सबसे नीचे का भाग है जो कि संकु के आकार का बना होता है इसके लिप क्लियरेंस और डेड सेंटर बने होते हैं यह सबसे नीचे का भाग जो कि प्वाइंट्स का रहता है अब हम देखेंगे लैंड और मार्जिन ये हमारा लैंड है और ये मार्जिन अब इसके बारे में देखेंगे ये फ्लू के सिरे पर उभरा हुआ भाग होता है जो पतली पट्टी के रूप में चमकता हुआ दिखाई देता है ये जो आपको तो दिख रहा है ये मार्जिन है जो कि पतली पट्टी के रूप में चमकता हुआ दिखाई दे रहा है ये हमारा लैंड है अब इसके बाद में हम देखेंगे बॉडी क्लियरेंस बॉडी क्लियरेंस क्या चीज है ये मार्जिन के नीचे छोटे ब्यास वाला भाग होता है जिसको बॉडी का क्लियरेंस कहलाते हैं और करते समय सुराख की दीवारों के साथ ड्रिल की पूरी बॉडी स्पर्श में नहीं होती है इस प्रकार घर्षण कम होता है और ड्रिल अपना कार्य कुशलतापूर्वक करता है अब हम चलेंगे फ्लूट्स की ओर फ्लूट्स क्या चीज है ये ड्रिल की बॉडी पर बने हुए ग्रुप्स होते हैं जिनका मुख्य कार को कटिंग तक पहुंचाना और कटिंग एज बनाना कटे हुए चिप्स को बाहर निकालने का कार होता है ये हमारा फ्लूट्स हो गया अब हम देखेंगे बैग।, बैग क्या चीज है ड्रिल के के के बीच के के साथ का भाग होता है अर्थात यह ड्रिल फ्लूट्स के बीच का भाग है यह नीचे से पतला और ऊपर से मोटा होता है यह भाग ड्रिल को मजबूती बनाने में सहायता करता है अब हम देखेंगे लिप एंगल। ड्रिल के के कटिंग एज के पीछे वाले भाग टेपर में ग्राइंड किया जाता है जो कि कार्य के अनुसार रखा जाता है साधारण कार्यों के लिए लिप क्लियरेंस एंगल 12 से 15 डिग्री रखा जाता है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कटिंग कटिंग एंगल एंगल इस की बात कर रहे हैं हम है है। यह कड़ी धातुओं के लिए अधिक हार्ड मटेरियल्स के लिए अधिक तथा सॉफ्ट मटेरियल के लिए कम रखा जाता है साधारण कार्यों के लिए एंगल 118 डिग्री होता है 59 डिग्री लेफ्ट और 59 डिग्री राइट टोटल जो होता है 118 डिग्री का होता है अब हम देखें यह एंगल लिप को क्लियरेंस देने के लिए बनाया जाता है यह कार्य के अनुसार 7 से 15 डिग्री रखा जाता है अब नेक्स्ट है हमारा हेलिक सिंगल हेलिक सिंगल हमारे तीन टाइप्स के हैं हार्ड नॉर्मल सॉफ्ट हार्ड का जो एंगल होता है दस से तेरह डिग्री नॉर्मल का अठारह से तीस डिग्री सॉफ्ट का पैंतीस से चालीस डिग्री रखा जाता है अब हम जानेंगे हेलिक सिंगल है क्या ड्रिल पर फ्लूट्स जिस कोण में बने होते हैं उसे हम हेलिक्स एंगल कहते हैं इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये निम्न प्रकार के पाए जाते हैं जो कि मैंने आपको बताया हार्ड नॉर्मल सॉर्ट ये तो हमारे हो गए इस प्रकार के सैंग प्रायः छोटे साइज के ड्रिल पर पाए जाते हैं इसको सीधे मशीन के स्पेंडल में नहीं बांध सकते हैं परंतु इसका प्रयोग ड्रिल की सहायता से किया जाता है अब पेपर सैंग जो हमारे हैं एम से एमटी तक पाए जाते हैं वन से सिक्स टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ ड्रिल के बारे में नेक्स्ट क्लास में मैं ड्रिलिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाच माय वीडियो